प्यार्यारिया कुछ नहीं मुझे तो बारिश है इसके बारे में नहीं बारिश है इसके बारे में नहीं बारिश है इसके बारे का नाम कुछ पा कर खोला है कुछ खो कर पाना है जीवन का मतलब तो पाना जाना है दो पल के जीवन से छोरा तेरिया कुछ भी नहीं तेरी कानी इन प्यारिया तू मेरा सहारा है मैं तेरा सहारा हूँ आंखों में समरी है आशा का पानी है कुछ ही नहीं din jisko wali hai tum kya karoge main mujhe to baat ko na kar ke chal jaano kuch karne ko chhod do ढलाना है जाती रे जाती है सिंह कुछ नहीं तेरी कहा तेरी सुनिया क